माना था हम मिट्टी से हैं मिट्टी के लिए मिट्टी में मिल जाएंगे माना था हम मिट्टी से हैं मिट्टी के लिए मिट्टी में मिल जाएंगे पर यह ना जाना था मिट्टी को बचाने के लिए ऐसे गाड़ियों के नीचे रोंदे जाएंगे पर यह ना जाना था मिट्टी को बचाने के लिए ऐसे गाड़ियों के नीचे रोंदे जाएंगे ना मरने पर मिलता कफन ना जिंदा होने पर कहीं पनाह है ना मरने पर मिलता कफन ना जिंदा होने पर कहीं पनाह है खेती मत करना खेती करना गुनाह है है तबियत सियासत की खराब दूर रहने की सलाह है है तबीयत सियासत की खराब दूर रहने की सलाह है खेती मत करना खेती करना गुनाह है हुई जो लखीमपुर की वारदात हुई जो लखीमपुर की वारदात सब सत्ता की सांतना देने चला है हुई जो लखीमपुर की वारदात सब सत्ता की सांत्वना देने चला है खेती मत करना खेती करना गुनाह है लुटा दो हमारी जमीनें किसानों का बस यही हल्ला है कि लुटा दो हमारी जमीनें किसानों का बस यही हल्ला है इस ज़िंदगी तो कर ली अगली ज़िंदगी मत करना क्योंकि खेती करना गुनाह है खेती मत करना खेती करना गुनाह है खेती मत करना खेती करना गुनाह है